दो सब दो का दासर जोगी तेरा क्या बिजा दो सब दो का दासर जो नहीं तू बन पाएगा क्यों लेता बन बा जोगी राम नहीं तू बन पाएगा क्यों लेता बन बा जोगी क्यों ोगी तेरा क्या बिचरा सब का दास जोगी तेरा क्या सासों का बंदी जीवन तुमको आ रहा जोगी ए सासों का बंदी जीवन तुमको आ यार जोगी तुम सर जोगी तेरा क्या विश्वा दो सब दो का दासर जोगी तेरा क्या विश्वा ख नहीं तेना ऊंचा जाओ ऊंचा पूे आकार सरजोगी देखना तेना ऊंचा जाओ ऊंचा पूे आकार जोगी। का चर जोगी तेरा क्या बिछवा दो सब दो का दाचर जोगी तेरा क्या बिछवा एक दिन विश का प्याला पी जा, फिर ना लगेगी प्यास तर जोगी। एक दिन विश का प्याला पी जा, फिर ना लगेगी प्यास तर जोगी। फिर ना सर जोगी तेरा क्या बिछवा दो सब तो का जोगी तेरा क्या बिछवा हरियाई भिमान की आंखें रखो रखोध धी जोगी भरे आई अभी मान की आंखें रखो धीर राजधर जोगी रखो भी राजधर जोगी तेरा क्या विधवा दो सब दो का दाचर जोगी तेरा क्या विधवा दो सब दोी दो सब दो का दाचर जो क्या विशवा तो सब दो का दात तेरा क्या विश्वा